दोस्तों हम आए हैं यहाँ संजय वन में संजय वन में अपने कैंपिंग टेंट की अनबॉक्सिंग करेंगे आद्या से हाय फ्रेंड्स। ये हाए हाँ थ्री परसेंट तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या है स्टैंड को यहाँ पे लगा के देखेंगे उसके बाद उस स्टैंड को हम दोबारा से पैक करके इसमें अंदर रखें फ्रेंड्स ये हमने ओपन कर लिया है अब इसे हम ज़मीन में लगा के देखते हैं बाहर मौसम बारिश का हो रहा है बहुत ज़्यादा अंधेरे बादल आ चुके हैं दोपहर तो के एक बज रहे होंगे लग ऐसा रहा है जैसे शाम के छः सात बज रहे हैं और बारिश अगर हुई तो बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है हवा भी बहुत तेज़ चल रही है लगे हाथों तो इस टेंट की भी आज चेकिंग हो जाएगी इसका टेस्ट हो जाएगा कि वेदर दिस अ टेंट और नॉट, है ना? तो आइए करते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है मुझे लगता है कि ये बाकी की अनबॉक्सिंग हमें घर जाके करनी पड़ेगी आसपास का मौसम दिखा दो भाविका एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट okay. ये मैनुअल है इसके साथ में, तो टोटल इसमें स्टेप्स हैं, ठीक है इसमें लिखा है है, कि टेंट को लगाना कैसे है। और दूसरी साइड दिया हुआ है टेंट को वापस पैक कैसे करना है दोस्तों ये इसके साथ में स्टिक्स आई हैं, तो पहले से ओपन कर लेते हैं उसके बाद में बताऊंगा इन स्टिक्स का क्या काम है बन गई है सिंगल बन चुकी है इसको इस तरह से मोड़ के उसके अंदर घुसाना है और फिर वो ऐसे टेंट लगेगा अभी दिखाता हूँ बाद में इन दोनों को हमें इस तरह से इस तरह से मिला लेना है और आप देखेंगे इसमें क्लिप्स है जगह जगह पे ये देखो तो ये मैं क्लिप इधर ठीक है ऊपर वाले के ऊपर क्लिप लगानी है वाले पे नहीं लगानी जो ऊपर वाला है ना ये इस रॉड पे क्लिप लगा दी है तो ये मैंने इस पर लगा दिया अच्छी चीज दिखाऊंगा अभी ठीक है मैं जाऊं पहले अंदर। ये मेरा टेंट बन गया है मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है इसके अंदर जाने के लिए ये इसका कवर है ये इसका कवर है तो ये सेकंड लास्ट लेग है इसका तो पहले हम कवर लगाएंगे उसके बाद में इसके अंदर कुछ हुक्स है आ, कुछ रोप्स हैं जिनको हम जमीन में नेल करेंगे तो केवल दो स्टेप बचे हुए पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं साथ में आता है ये एक छोटी सी होप है इसे टाइप करने के लिए और ये नेल्स हैं तो हम इसे लगाएंगे और ज़मीन में गाड़ेंगे हाँ ये फटाफट गाड़ते हैं बारिश शुरू होने वाली है おい、きちょりきちょり